हेलो दोस्तों मेरा नाम सौरभ कुमार है मैं बहुत सोचा हूँ कि मैं किस किस टॉपिक ऊपर मैं वीडियो बनाऊं फिर मैं बहुत ज़्यादा सोचते सोचते मुझे मैं सोचा हूँ कि मैं किसी स्टोरी सुनाऊं आप लोगों को जिससे आप लोगों अच्छा लगे मैं कुछ ऐसा स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को जो फिल्मों में नहीं देखें होंगे नहीं कहीं सुने होंगे सुने सुने भी होंगे लेकिन मैं कुछ बहुत अलग हिसाब के स्टोरी सुनाऊँगा ठीक है सुनने के लिए तैयार हो आप तो सुना रहे हैं अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सुना रहे हैं एक लड़का और एक लड़की दोनों शादी करके कहीं जा रहा था घूम ल ठीक है और वो लड़का था यूट्यूबर ठीक है वो लड़का था वो लड़का था यूट्यूबर और वो ब्लॉग बनाता था ठीक है और दोनों शादी ब्याह करके घूमने जा रहे थे कहीं भी थे एक लड़की मिली उसको तो लड़की थी बिलन ठीक है वो लड़की बिलन थी और लड़की बहुत बड़ा बहुत बड़ा बिलन था ठीक है वो चोर था ठीक है वो कोई सामान चोरी करके वो ले जा रहा था तो उसको ले जाने में दिक्कत हो रहा था उस को और बिलन को उसको ले जाने में दिक्कत हो रहा था तो तो उस, उस लड़की से जो लड़का लड़की जो हीरोइन था हीरोइन वो दोनों मिल के मतलब जा रहा था तो हीरोइन से उसका टक्कर होता है बिलन से दोनों से टक्कर होता था तो उसके हाथ में कोई सामान मतलब कोई ऐसा चीज़ था जो उसका उसका नाम था हीरा ठीक है कोई डायमंड था वो कुंडे के बिलन में और हीरोइन में दोनों टक्कर होता धक्का लग जाता है एक दूसरे में तो ही, बिलन के हाथ में से वो डायमंड हीरोइन की थैले में मतलब बैग में गिर जाता है और बिलन को पता चल जाता है लेकिन हीरोइन को नहीं पता चलता ठीक है तो फिर वो उदो, वो दोनों तो पास हो जाता है वो चला जाता है लेकर निकल जाता है वो बाकी ये भी निकल जाता है दोनों निकल जाता है चला आता है तो ये दोनों का पीछा करने लगता है वो हीरोन yani, मतलब बिलन वो पीछा करने लगता है और इसके बाद वो दिमाग लगाता है वो बिलन कि मैं इसको कैसे ले जाऊँ फिर वो सोचता है इससे वह पूछता है ये इससे सोचता है एक्स्यूज में वोसम कहाँ है तो हीरोइन बता दें कि यहाँ से राइट है जो सामने से राइट है तो बताता है तो बोलता है कि मुझे साथ ले चलो मुझे मुझे नहीं पता है तो उसके साथ चलाता है ही हीरोइन बिलन के साथ और चलाता है तो उसको मार देता है हीरोइन को मार कर उसके सामानों से बैग में से निकालता है लेकिन उस बैग में नहीं था ठीक है बैग में गायब हो गया रहता है लेकिन बैग में रहता है लेकिन उसको मिलता नहीं है ठीक है उसके बाद हीरो बहुत देर वेट करता लेकिन नहीं मिलता एक दो घंटा होता है तो उसके बाद हीरो का डाउट होता है थोड़ा थोड़ा आखिर वो क्यों नहीं आया हो तो जाता है तो देखता है कि ये तो इसका लास्ट पड़ा हुआ है तो हीरो को बहुत गुस्सा आता है हीरो हीरो को भी मार देता है हीरो के मार के ख़त्म कर देता है मतलब उसको हीरोइन के तो मार के ख़त्म कर देता है उसको ख़त्म कर देता है उसके बाद हीरो को भी मार के ख़त्म कर देता है हीरो मारता उड़ता फिरता है फिर लास्ट में उसका शर्ट पर मारता है तो उसको मतलब वो वो भी बेहोश हो जाता है ख़त्म होता है तो उसके बाद हीरोइन जो मरता है उसके शरीर से आत्मा निकलता है ठीक है आत्मा निकलने के बाद जब सब चीज़ खत्म हो जाता है सब छोड़ चार के चला जाता है बाद में बहुत बिलन वुलन घूमता खोजता उछता नहीं मिलता है उसके बाद उस सब चला जाता है छोड़ चार के तो पुलिस वाला उस जगह आता है उसका जाँच पड़ताल करता है उससे पहले पुलिस वाला के आने से पहले उसमें वो पुलिस वाला उसमें वो पुलिस वाला के आने से पहले वो हीरोइन जो मरा रहता है उसके शरीर से आत्मा निकलता है और किसी और के शरीर में घुस कर और डायमंड रुका देता है कहीं और ले जाकर रुका देता है तब तो छुपा देता है ठीक है छुपा देता और है और फिर हीरोइन उसके शरीर छोड़कर चला रहता है और हीरो को हॉस्पिटल में ले जाता है वो हीरो जिंदा रहता नहीं लेकिन और हीरोइन तो मर मर गया रहता है उसको पोस्टमार्टम करता है उसके बाद वो चला जाता है और हीरो, हीर, हीरो तो मतलब और हीरो हीरो तो मर गया मतलब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और हीरो हीरो तो ज़िंदा रहता है लेकिन उसको कुछ यादें नहीं तो उसका यादाश्त चला गया रहता है तो फिर फिर वो जो वो विलन भी, हीरोइन होता है वो आता है उसके उससे मिलने के लिए लेकिन हीरो उसको पहचान नहीं पाता है वो तो फिर वो विलन और नाटक नाटक करता है मतलब कुछ ऐसा नाटक करता है कि जैसे कि उसका जानने वाला हो मतलब वो उससे प्यार करने के नाटक करती है ठीक है और उसके साथ में जितना उसके साथ में जितना सबूत था वो सब मिटा देते हैं यहाँ तक तो डॉक्टर सब के सब के मार के ख़त्म कर देता है और जितना उसका सबूत था उसका हीरोइन के जितना प्यार व्यार करता था जितना सबूत था सब खत्म कर दिया था और उसके आगे क्या हुआ उसके आगे सुनने के लिए लाइक करें और कमेंट करें और प्लीज़ शेयर करें और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ, आया होगा तो लाइक कीजिए अगर नहीं पसंद आए तो ना नापसंद डिसक कीजिए इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा अच्छा लगता है आपको कि नहीं स्टोरी इसे आगे मैं बनाऊंगा इसके अगले पार्ट में और इसके आगे सुनने के लिए मुझे प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कैसे लगी अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें जय श्री राम राधे राधे